श्री अन्न कृषक रत्नों को उत्तराखण्ड के कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया दून में 13 से 16 मई तक श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जा रहा है कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय से आगामी 13 से 16 मई तक आयोजित होने वाले उत्तराखण्ड श्री अन्न महोत्सव के प्रचार प्रसार हेतु ग्यारह श्री अन्न कृषक रथों के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गौरतलब है इसी माह 13 से 16 मई को दून के सर्वे ऑफ इंडिया के मैदान में अन्न महोत्सव आयोजित लगाने जा रहे हैं क्योंकि तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान परेशन ने दो को मेरेट्स घोषित किया है जब यूनो के अंदर मोदी जी ने इसका प्रस्ताव रखा तो बहत्तर देशों ने इसका समर्थन किया 18 मार्च को पूसा में 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर आए थे मोदी जी ने इसका शुभारम्भ किया मुझे भी कृषि मंत्री होने के नाते में प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी मिरट्स के प्रति बहुत गंभीर है हमने मिरट्स अपना मिरट मिशन बनाया है उसमें तिरासी करोड़ की व्यवस्था मिनट मिशन में हमने की है क्योंकि श्री अन्न इतना पौष्टिक और लाभदायक है उदाहरण के लिए कोई आदमी मड़वा खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगी जो कुलद की दाल खाएगा गौस खाएगा उसको पथरी नहीं होगी जो चौड़ाई खाएगा उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा तो इस प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत लाभदायक है